मेरे को भी देना आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते खुशी खुशी दे देते पर आपने तो हमसे हमारा गुरू